फाइनली आज मेरी गर्लफ्रेंड बन गई क्या बात कर रहा है दिखा दिखा दिखा ये देखो भाई आ, आ, आ। अरे वाह भाई तेरा फ्यूचर तो ब्राइट है थैंक यू भाई